सो हेलो गाइस आप सबने आईफोन चलाया होगा और देखा भी होगा क्या आप जानते हैं आईफोन में आई का मतलब क्या होता है कभी ना कभी आपके दिमाग में इसको लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आई में आई का मतलब होता है इंटरनेट इंडीजल इंटरेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसी को प्रेरित करता है ऐसी और वीडियो देखने के लिए मनीष ज्ञान को सब्सक्राइब एंड आइकन एंड लाइक करना ना भूले